कर मुद्द मन का तो देखो हमारे भक्तों ने बताया है कि हे भाई अगर थाराओं छोटी नहीं हो तो तो मत करे कोई पोलिस तो पद्मा का कह खेल रहा है माफ